जरा रांद न जा के गोरे

चरण बेराजत हैं गोदयनी चरण बराज है मेरा मेरा है गोदी नरण

Hola

he gava me ka sa re jai dev ji ha re ganga ka ni ta dev ji gava me ka sa re

के आप मेरे हम जानो नाम तेरा मेरे चरणों में तेरे नमाऊं तेरे तेरे चरणों में तेरे

I'll take you to the top, to the top. I'll take you to the top, to the top. I'll take you to the top, to the top.